तो अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए नाम और डिस्ट्रिक्ट के अलावा सर मैंने 2013 में इग्नू से इतिहास विषय में बीए किया है और अभी मैं हाउस वाइफ इग्नू से क्या किया आपने बीए इतिहास विषय क्या रखा आपने इतिहास आपका एजुकेशन भी हिस्ट्री में हुई है और अभी आपने हिस्ट्री रखा है कोई कोई भी है? है सर वैसे तो कोई खास नहीं है, लेकिन आ, खाली वक्त में मैं सर चीजों को अरेंज करके रखती हूँ नहीं तो मैं आ, कुछ डायरी लिख लेती हूँ तो वैसे कुछ खास हॉबी नहीं है सर इंटरेस्ट है आपका नॉबी नहीं है जी. हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है आपने पढ़ा भी है और आपने तो हिस्ट्री में आपसे बात करते हैं कौन सा पोर्शन आपको हिस्ट्री का सबसे अच्छा लगता है सर मॉडर्न मॉडर्न इंडिया इंडिया सावरकर का नाम सुना है आपने जी सर कौन थे सावरकर स्वतंत्रता सेनानी थे सर तो तो इतना उनके ऊपर तो तो को लेकर या तो बहुत ही मजबूती से समर्थन दिखता है या बहुत ही विरोध दिखता है एक ही। में है लेकर क्या कारण सर उन्होंने हिंदुत्व को बढ़ावा दिया था हिंदू धर्म का को बढ़ावा दिया था इस वजह से ऐसा है हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया था कोई उदाहरण दे सकते हैं आप कैसे आप प्रूफ करेंगे इस बात को कि बढ़ावा दिया था सॉरी सर अभी रिकॉल हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करते थे महात्मा की तरह साधु की तरह कथावाचक की तरह नहीं सर ऐसा तो नहीं था तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि हिंदू धर्म का बढ़ावा दिया था जी सर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है किस नेता के, जान के, जान जान के बारे में ज़्यादा ज़्यादा जानते जानते हैं? हैं? किस व्यक्ति के बारे में महात्मा गांधी महात्मा गांधी महात्मा गांधी का जो सिद्धांत था जी क्या था वो ट्रस्टी सिप का सिद्धांत सब कहता है कि पूंजी का को एक वर्ग के पास जमा नहीं होना चाहिए इसका समान वितरण होना चाहिए पूंजीपति वर्ग को अपनी इच्छा से गरीब वर्ग की सहायता करना चाहिए उनको अपने आप को ट्रस्टी समझना चाहिए कि गरीब वर्ग का धन उनके पास है तो उनको अपने मर्जी से उनकी सहायता करनी चाहिए यहाँ पर जैसे गांधी जी कह रहे हैं ट्रस्टी का सिद्धांत दे रहे हैं ये संभव है कैसे आप लोगों को समझाएंगे गांधी जी ने कैसे समझाया कि जो व्यक्ति अपने परिश्रम से पूंजी का दान कर दो को? सर, जैसे की कोई बड़ी कंपनी है तो वो उनका कहना था की इसमें जो मजदूर लोग काम कर रहे हैं उनका भी इस कंपनी में आ, उतना ही अधिकार है जितना कंपनी के मालिक का है तो ये विचारधारा आप ये कह सकती है मार्क्स के समकक्ष है मार्क्सवादी में अनिवार्य रूप से कहा जाता है कि आप धन को वितरित करें लेकिन गांधी जी का कहना था कि अगर आपकी मर्जी हो तो आप अपनी मर्जी से करें यानी कि गांधी जी कुछ ठोस काम नहीं कर पाए इच्छा में छोड़ दिया जी कहा जा सकता है तो फिर गांधी जी क्यों हो गए ने तो आप कितने परिवर्तन तो आप इस बात को मानती है स्विधा की गांधी जी ने हमको आजादी दिलाई जी कावरकर का इन सबका कोई योगदान नहीं था सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह सरदार नहीं सबका यो, योगदान था लेकिन गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान क्योंकि उन्होंने देश की जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ा राष्ट्रीय आंदोलन जी क्या है राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन सर जिसमें राष्ट्र की सारी जनता ने भाग लिया देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए राष्ट्र किसे कहते हैं श्वेता वो भौगोलिक क्षेत्र पर जिसमें एक संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं एक संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं भौगोलिक क्षेत्रफल के अंदर वो राष्ट्र है विदेशों में रह रहे भारतीय क्या वो भारत राष्ट्र में आएंगे जी सर वो तो से बाहर अमेरिका में रह रहे कैसे आएंगे और आप कह रहे हैं एक संस्कृति भारत में एक संस्कृति है सर है तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि राष्ट्र एक संस्कृति से होगा चलिए अखबार पढ़ती हैं आप जी अभी कुछ दिन पहले चीन ने कहा था कि हम लोग क्या करेंगे ग्लोबल एक पूरा अलायस बनाएंगे और हम अमेरिका से एक तरह से क्या करेंगे काउंटर करेंगे उसके बदले में अभी अमेरिका के द्वारा कुछ जवाब दिया गया अमेरिका ने कुछ बताने की बात की है आप बता सकते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं चीन ने ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशियटिव की बात की है कि हम ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशियेटिव लेंगे जिसमें अपना ग्रुप बड़ा बनाएंगे तो उधर अमेरिका ने भी बोला है कुछ नहीं सर इसके बारे में नहीं पढ़ा अभी की घटना है कल ही उनका स्टेटमेंट आया है वहां पर अमेरिका का सॉरी सर नहीं पाकिस्तान में और अमेरिका में सिख कम्युनिटी के ऊपर काफी अटैक हो रहे हैं जी। तो ना इस बारे में। जी। में भी काफी अटैक हो रहे हैं अमेरिका में काफी अटैक हो रहे हैं आप कैसे देखते हैं इसको धार्मिक उत्पीड़न का मामला है धार्मिक उत्पीड़न का अमेरिका में पाकिस्तान में तो मान सकता हूँ अमेरिका में क्यों हो रहे? हाँ। सर आगे नहीं बहुत बढ़िया अभी आपसे हमारे जो अन्य पैनलिस्ट है मनीष सर आपसे बात करेंगे सर कंटिन्यू कीजिए आप. आप जी मुझे जी नमस्ते जी नमस्ते हमारी बातचीत शुरू करते हैं आप उसके संदर्भ में क्वेश्चन लू आप तैयार है तो क्या कहते रश को रोकने के लिए और यूक्रेनियन को रोकने के लिए युद्ध को क्या कहते यूक्रेन को क्या कहते से वाला भी गाल दे दो नहीं सर वो वार्ता के जरिए इसको सुलझाने का प्रयास करते हैं हैं युद्ध रोकने की बात करते तो है नहीं तो शांति की तो कोई बात करेगा नहीं क्या लग रहा है युद्ध कभी रुकेगा सर युद्ध तो रुकेगा ही आपका अनुमान क्या कहता है कब रुकेगा सर, नहीं कह सकते युद्ध में जो रशियन आर्मी कई तरह के ये सर सर सर सर आवाज आवाज आवाज नहीं नहीं आ आ आ आ आ रही रही रही रही जी है है है आपको मेरी साफ वीडियो दिख रहा है। अभी आ सर, अभी की जब मुझे सुनना है ना तो अपना वाला माइक बंद कर दीजिएगा ठीक है मैं ये कह रहा हूँ की रशियन आर्मी ने जो टैंक यूज किए हैं उन टैंक का कुछ नाम बताएंगे कौन कौन से टैंक यूज कर रहे हैं वो लोग सॉरी सर नहीं पता है इसके बारे में गांधी वचन है नौ वचन है सात वचन है कुछ वचन याद है आम नागरिकों के लिए नहीं सर सॉरी सत्य बोलिए वैसे कुछ और वचन है सॉरी सर नहीं पता है गांधी जी पर आपको पढ़ी गई हो आपके द्वारा सर राष्ट्रीय आंदोलन में उनका योगदान पढ़े तो दूसरे की लिखी हुई है गांधी जी ने तो लिखा नहीं है क्या सर बुक नहीं सुन पाया तो नहीं सर पर... नहीं पढ़े तो है गुजरात का जो गांधी जी की किताबों को छापते हैं याद आ रहा है नहीं सर। तो तो तो ये हिंद हिंद स्वराज स्वराज क्या क्या था? था? उनके ड्रीम जो को लेकर गए थे, वो इसमें जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, उनको वो भी अपने आप को देश में सभी उनको भी सारे अधिकार मिले बस ये उनका एक यही हो सके जी ऊपर तो वाले नीचे चले जाएं ऐसा कुछ है क्या बस एक लाइन के वालों को उत्थान हो जाए ऊपर वाले यहाँ से चले जाएं, महिलाएं यहाँ से छोड़ के चली जाए कुछ और भी लोगों के लिए है हिंद स्वराज में सर बुक तो हम नहीं पड़े कोई नहीं तो पढ़ी तो को हो तो बताइए सर वो निचले तबके का, का चाहते थे जो विकास में जो सबसे निचले पायदान पे उनका विकास चाहते थे महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाना चाहते थे अच्छा एक और देखते हैं एक्ट जिसका विरोध जी एक्ट तो था सर सर गांधी जी ने इसको काला कानून कहा था क्योंकि इसमें आ, गिरफ्तार संदेह के आधार पर गिरफ्तारी का प्रावधान था और इसके विरुद्ध कोई अपील दलील कुछ भी नहीं किया जा सकता था बहुत तो बढ़िया तो ये जो काला कानून आपने कहा ये काला कानून वही वाला है जो कृषि आंदोलन में भारत के किसान कह रहे थे वर्तमान कृषि सरकार के खिलाफ यही वाला काला कानून था नहीं सर ये दूसरा काला कानून था और ये वाला एक अलग काला कानून कृषि कानून में तो ऐसा कुछ नहीं था सर नहीं पर किसान कहते हैं ना कि ये काला कानून है इसको वापस ले लीजिए काला कानून है कह रहे थे ना जी तो तो कौन सा गांधी जी भी नाम ले रहे थे आपने बताया सर का गा। बा तो के साथ का कोई संस्मरण बताइए जो दक्षिण अफ्रीका में वो आपस में बात किए थे आंदोलन के स्वरूप में नहीं समझ पाया सर। क्या बोले गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे लेकर के पहली बार तो उन्होंने सेटलमेंट में अपने साथियों के बीच में कुछ मंत्रणा की और महिलाओं को आंदोलन के लिए प्रेरित किया साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के खिलाफ वो कौन सा आंदोलन था, था? तो आंदोलन तो का नाम तो याद नहीं गांधी जी बहुत अच्छे लगते हैं हम तो इसीलिए गांधी जी पर नाम लेके बात कर रहे थे चलिए कोई नहीं नहीं मान मान लिया कि आप गांधी जी को बिल्कुल भी प्यार नहीं आपने बस ऐसे ही कह दिया ऐसा नहीं सर तो किसने कर दी सर, से। नहीं थे सॉरी सर राष्ट्रवादी थे या नहीं थे वादी। नहीं नहीं राश्ट्रवादी, राश्ट्रवादी थे नहीं थे पढ़े बारे में। नहीं, इसमें पढ़ने ऐसा कुछ नहीं है नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दिया उसकी सजा मिली तो मेरे ख्याल तो से है कि क्या नाथुर को राष्ट्रवादी जाए या और नहीं कहा जा सकता उनको राष्ट्रवादी विदेशी राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी का तो तात्पर्य हो जाता है कि उनको राष्ट्र से प्रेम था वो राष्ट्रीय एकता और सद्भाव के लिए अगर काम करते तो उनको राष्ट्रवादी कहा जा सकता था तो उन्होंने आजादी ऐसी पहले क्या राष्ट्र को एक करने में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं जोड़ा था सर, इसका तो आइडिया तो आजादी के पहले दिन तक क्या राष्ट्र का विरोधी काम कर रहे थे राष्ट्र दो का काम कर रहे थे तो सॉरी सर नहीं पता तो बिहार के कुछ पांच प्रमुख खबर का चर्चा कीजिए जो पिछले पांच दिनों में आपने देखा है समाचार पत्रों बिहार का सर हाल में दिल्ली में बिजनेस इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया इसके अलावा इथेनॉल प्लांट अभी हाल में खोला गया और जातिगत जनगणना के बारे में बातें चल रही हैं। तो क्या सर पर जातिगत जनगणना करने की योजना अच्छी है या खराब बात है सर अगर सामाजिक आर्थिक स्थिति को में सुधार लाने की दृष्टि से देखा जाए तो ये अच्छी बात है दलित पिछली जो हैं उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से जातिगत जनगणना सहायक हो सकती है तो जातिगत जनगणना कराया जाना चाहिए भारत में केंद्र की सरकार क्यों नहीं कर रही है क्या आप नेताजी के रूप में उनको नहीं सुझाव दे पाएंगी हमारे केंद्रीय मंत्री जी को या प्रधानमंत्री जी को देखिये ना हमारी बिहार आज कितनी बढ़िया बात करती है आप भी करिए ऐसा लोग तो नहीं कर रहे सर जनगणना एक तरह से जातिवाद को भी बढ़ावा दे सकती है। तो संभव तो इसलिए नहीं कर रहे तो दोनों बात आप मत कहिए एक ही बात बताइए मुझे दोनों इधर भी चले आइएगा फिर उधर भी चले जाइएगा तो नीति फिर कैसे बनाएंगे हम लोग आपको एक स्टैंड लीजिए जातिगत जनगणना बढ़िया है कि खराब बात है सर जातिगत जनगणना में अगर पिछली जातियों का को सामाजिक आर्थिक उत्थान उत्थान के दृष्टि से देखा जाए तो यह सही है अगर इसमें जातिवाद को ज्यादा तूल नहीं दिया जाए उनकी स्थिति पे सामाजिक आर्थिक शैक्षिक स्थिति को देख को गौर किया तो, तो जाए तो कराया जाना चाहिए मेरा ये जाति किसे कहते हैं जाति सर भारत तो जो जन्म से मनुष्य किसी खास जाति में पैदा होता है उसको ही जाति कहता है तो यही तो शब्द है जाति किसे कहते हैं जाति सर एक पहचान है धार्मिक हमारे जो वैदिक कालो से चला आ रहा है जाति मनुष्य समाज में हमारा समाज जो बटा हुआ था जातियों में सॉरी थैंक यू श्वेता जी थैंक यू अभी आपका इंटरव्यू खत्म करते हैं और हमारा रिव्यू का टाइम है तो हमारे पैनलिस्ट निपुन जी आपसे रिव्यू के रूप में आपको अपने सुझाव देंगे गुण दोष के आधार पर उनको सुनिए थैंक यू यूक यू रहा आपका इंटरव्यू सर अच्छा नहीं क्या आपको लगा कमी सर बहुत कुछ पढ़ना पढ़ना पड़ेगा रिवाइज करना पड़ेगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखिए पहले तो मैं आपको मे ओर से विशेष की आप घर के कार्य को देखते हुए आप यहाँ तक पहुंचिए बहुत अच्छी बात है है ना? आपका बोलने का तरीका अच्छा है आपका ड्रेसअप अच्छा सही है थोड़ा सा पर लाइट कलर पहन के जाइएगा, लाइट कलर का डाल के जाइएगा दूसरा पहने वाला है अगली बार कब है आपका इंटरव्यू थर्टी फर्स्ट मई को सर वो तो अगली बार जब आप इंटरव्यू देने आएंगे तो उसी ड्रेसअप में आइएगा जिसमें आप इंटरव्यू देने जायेंगे कॉन्फिडेंस आपका ठीक है लेकिन जब नॉलेज हमारी कम होती है तो हमारा कॉन्फिडेंस लैक कर जाता है जी सर आपको दो तीन चीजें करनी है एक तो हिस्ट्री में जब हम आपसे बात कर रहे हैं सर तो राष्ट्र राष्ट्रवाद ये नहीं बता पाएंगे तो, तो दिक्कत होगी है ना ये तो हिस्ट्री का राष्ट्रीय आंदोलन अब आप राष्ट्र नहीं जानेंगे राष्ट्रीय आंदोलन नहीं बता पाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा है ना जी और केवल गांधी जी को कह देना की नहीं गांधी जी ही महत्वपूर्ण थे फिर आपने और पर्सनलिटी को सबको गोन कर दिया जी। आप सबकी भूमिका बोलिए गांधी जी भी की भी भूमिका थी सबकी भूमिका थी और सावरकर के बारे में आप कुछ भी नहीं बोल पाए इतनी जिबेटेडी रहता है हिस्ट्री के व्यक्ति को सावरकर के बारे में कुछ भी नहीं पता हो और आपने बोल दिया कि हिंदू को बढ़ावा दिया तो थोड़ा सोचकर बोलना है मैं ये नहीं कहता की हमें हर पर्सनैलिटी याद होगी सावरकर नहीं पता था तो आप बस ये है सर मैं ज्यादा नहीं ज़्यादा जानकारी याद नहीं आ रहा है इस बोल सकते हैं। गलत बोलने से वो गलत हो जाएगा ना। जी सर। करंट अफेयर्स में तो आप बिल्कुल भी नहीं बोल पा रही हैं। अब सर ने आपसे बोला कि भाई करंट अफेयर का रूस यूक्रेन वॉर में गांधी जी कहते तो क्या देते आप बोल सकते तो गांधी जी को पढ़ा सर वो सब लोगों को सत्य के बारे में बोलते अहिंसा के बारे में बोलते आपने तो पढ़ा होगा गांधी को आपने खुद गांधी को चूज किया है ऐसा नहीं कि आप इस प्रश्न को उतना नहीं दे सकते थे आप दे सकती थी लेकिन आपने आपको प्रेशर में ले तो गए तो कहीं फंसना जाऊँगा अब खुद देना टाइम लेना था क्योंकि गांधी जी की बहुत सी बातें बोल सकती थी अब जो गांधी जी के सिद्धांत है इनको आप थोड़ा सा पढ़ी ट्रस्टीशिप मेंटिस्फाइड नहीं हो रहा था आपने पूरा ठीक से पढ़ा नहीं उसको ट्रस्टीशिप को और बाकी अच्छा है हाउस वाइफ ना कहके हाउस मेकर कही चल रहा है आजकल हाउसवाइफ ना कहके के हाउसमेकर कहिएगा जी बाकी मनीष सर आप आपको में अच्छा बताएंगे कि हाउसवाइफ वाइफ ना कहकर हम हाउसमेकर मेकर कहें तो ज्यादा अच्छा है तो सर तो तो तो आपको बता देंगे और होबी में एक बोल दीजिए आप हॉबी ना बोलकर बोलिएगा सर हॉबी नहीं मेरा इंटरेस्ट है कि सर कुछ कारण से मेरी हॉबी डेवलप नहीं हो पाई लेकिन मेरा इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट में एक ही चूज कीजिएगा ज्यादा मत में भी नहीं ये नहीं की मुझे कभी कभी समय मिलता तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ ऐसे बोल दीजिए ज्यादा बोलेंगे तो फिर ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स क्वेश्चन ज्यादा एरिया से आएंगे है ना बाकी बढ़िया है तो आप अच्छे से मनीष सर से सुनिए मनीष सर आपको बताएंगे उसको ध्यान सुनिएगा सर मेरा सुझाव है श्वेता जी के लिए कि आप, आप बल्कि हाँ। सर ने होम मेकर कहा बल्कि ऐसा भी कह सकते हैं एक नया नाम मैं दे रहा हूँ क्वीन ऑफ दी हाउस करके अच्छा लगना चाहिए और सामने वाले को भी मजा आना चाहिए कि हाँ यार हमारी घरवाली भी तो क्वीन ऑफ द हाउस है आज तक हमें पता ही नहीं पाया और दूसरा कि ये जो आपका खुशनुमा चेहरा है ना इसको दबाव में नहीं आने दीजिए इससे माहौल आपके पक्ष में रहेगा और सामने वाले भी दिन के किसी भी घंटे आपका इंटरव्यू हो रहा वो थकान से वो भी दूर हो जाए क्यूकी एक बड़ी अच्छी बात आपकी कि आप एक विद्यार्थी की बजाय गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अपने आप को तपस्या करके यहाँ तक लाएंगे थोड़ी और कोशिश करेंगी और जो भी नाम आप ले रही हैं विचारक के रूप में राजनीतिक शास्त्री के रूप में समाज सुधारक के रूप में गांधी का तो कई नाम है ना गांधी नाम लेना आसान जरूर दिखता है पर गांधी की शख्सियत इतनी कठिन है कि तो उसको बिल्कुल पॉलिश करके पढ़िए गांधी से सवाल नाम लिया तो एक से एक सवाल आएंगे जिनका अटेम्प लेना अपने आप में बहुत अद्भुत होगा और बहुत सुंदर होगा बाकी सारे आंसर वहां दब जाएंगे किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी तो कम से कम गांधी याद कर लीजिए अच्छे से क्या मालूम गांधी जी आपका पार लगा दें आपको भी आजादी दिलवा दें घर से ठीक है और देश दुनिया के साथ बिहार राज्य की पिछले एक हफ्ते में कई सारी गतिविधियां हुई है देश में भी कई गतिविधियां हुई है खेल में हुआ है युद्ध में हुआ है है ना से लेकर के गेहूं के उत्पादन पर लेकर के कांग्रेस की मीटिंग हुई है वन पार्टी वन फैमिली ऐसे करके बहुत सारी बातें हैं सभी समाचार का संकलन आपके दिमाग में बैठना चाहिए क्या मालूम बिहार पूछ ले क्या मालूम बिहार की भूगोल की कोई नई खबर आ जाए क्या मालूम टूरिज्म का कुछ नया खबर दे दे है ना गया का नया नाम गया जी हो गया जी सर तो गया जी और गया में क्या खास बात हो गया गया को गया जी क्यों कर दिया क्या मालूम पूछ देते समय की सीमा ने हमें बात नहीं करने दिया उतना तो आपसे कहा से क्या आ जाएगा बिहार लोकल तो ढेर सर आपको पढ़ना है आप पॉलिश करिए बिहार के अखबारों के जरिए दिन के दो घंटे ढाई घंटे वैचारिकी पढ़िए विज्ञापन पढ़िए और अंतरराष्ट्रीय समाचार पढ़िए और अपने खेलकूद के सेक्शन को भी कुछ इम्प्रूव कर लीजिए इसमें आपने क्या बताया है अपना जी हॉबी सर हम कुछ नहीं डाले थे नहीं तो प्लीज आप अपनी हॉबी को पॉलिश कीजिए कोई ना कोई हॉबी बताइए ठीक है कुकिंग हॉबी हो सकती है आपकी कुछ खेलकूद हो सकता है रीडिंग हो सकता है और हॉबी को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट रखिएगा एक शब्द तो बोल के कि मेरा हॉबी किचन का कुकिंग है तो फिर वो इटली के भोजन की बात कर देंगे चाइना के भोजन का नाम ले लेंगे तो फंस जाइएगा आप कहिएगा बिहार लोग के बिहार के जो ट्रेडिशनल फूड है मैं वो पकाना शौक से पकाती हूँ और उसके बारे में जानती हूँ तो वो बिहार बिहार बात करेंगे आप अपने उत्तरों को बांधिए ठीक है और हमारी ढेर सारी शुभकामना अभी आपके में टाइम है एक बार और बेहतर तैयार होके फिर एक बार मिलेंगे ऐसी आशा के साथ बहुत बहुत बधाई आप थैंक यू शेत